जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है मेरे इरादों का इम्तहान अभी बाकी है अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने आगे अभी सारा आसमान बाकी है